दोस्तों आर्मी के जवानों को सांप क्यों खाना पड़ता है तो आपको बता दूं आर्मी जिन हालातों में रहकर हमारे देश की सेवा करती है उन्हें देख आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी क्योंकि देश के इस जवान ने बताया कि जंगल में ड्यूटी करने के दौरान इन्हें सारा दिन भूखा रहना पड़ता है जब भूख बर्दाश्त के बाहर हो जाती है तो ये जवान कच्चे केकड़े पकड़ कर खाते है न ही नहीं कच्ची मछली खाने के साथ भूख लगने की वजह ऐसी ये इन्हें सांपों को भी खाना पड़ता है और कई सारे कीड़े मकोड़ो को खा ये जवान हमारे देश की रक्षा करते हैं इन वीर जवानों के लिए दोस्तों एक लायक तो जरूर बता है थैंक्स फॉर वॉच